तो कहानी की शुरुआत में हमें कार्ली को दिखाया जाता है जो कि एक ग्राउंड में होती है उसके सामने एक बिल्डिंग होती है जहाँ से उसको अपनी माँ के बचाने की आवाज़ आती है और वो वहां पर जाती है तो अपनी माँ एक वाले कमरे में बैठी हुई दिखाई देती है जब कारली अपनी माँ एंजिला को उस कमरे से बाहर आने को कहती है तो उसकी माँ वहां पर चारों तरफ आग लगा देती है और तभी कारली की नींद खुल जाती है इसका मतलब था कि कार्ली को नाइट आया हुआ था और जो है उसे ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं इसके बाद जो है हमारी कहानी पर्स उस कार्ली के पर्सनल लाइफ पर फोकस होती है और हम और हमें पता चलता है कि कारली के दो क्लोज फ्रेंड थे जो कि सैम और मार्टिन सैम और मार्टिन भी एक दूसरे को जानते थे वे बचपन से ही दोस्त थे उसके बाद कार्ली सैम के घर जाती है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है जिसके बाद जब कारली घर आ रही होती है तो उसे मार्टिन का मैसेज आता है मार्टिन का मैसेज आता है दरअसल मार्टिन से सैम और जो है कार्ली कुछ सालों से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बैकी-बैकी सी बातें करना लगा था और जो है कार्ली को ऐसा लगने लगा था कि उसके कोई दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है इसलिए जो है वह उससे अपना पता कट कर चुके थे लेकिन जब उसका मैसेज आता तो आता है तो कार्ली उससे मिलने के लिए चले जाती है औरली एक कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं जहां पर मार्टिन उसे बताता है कि उस वह थेरापोल हॉस्पिटल में गया था जो कि एक एडवांस्ड हॉस्ट वो उसे यही बताता है कि उस हॉस्पिटल में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो कि बाहर के किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है और वो उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है कि उसकी माँ एंजेला जिसने जो है एक बड़ा क्राइम कर दिया था और कार्ली उससे और कार्ली उस अपनी माँ से नफरत करती थी यहाँ तक कि कार्ली ने अपना सरनेम भी बदल लिया था एंजेला को जो है मार्टिन ने उस हॉस्पिटल में देखा वो जोहटिन को लगा जैसे कि वो कोमा में है और थेरापोल हॉस्पिटल वालों ने मार्टिन से कारली के बारे में भी पूछा लेकिन जो है मार्टिन ने उसका पता बताने से मना कर दिया कि उसने कहा कि वह उसे नहीं जानता है और वह वहाँ से चला गया फिर जो है कार फिर कारली अपने घर चले जाती है और उस रात के समय उसे थेरापोल के हॉस्पिटल वालों की तरफ से कॉल आता है वो उसे बुला रहे थे ताकि जो है वो उसे उसकी माँ की रिलेटेड बात कर सके माँ से रिलेटेड कुछ उससे बातें कर सके कारली हो थेरापोल हॉस्पिटल में जाती है वहाँ पर उसे दो बंदे और उसे दो बंदे माइकल और ड्यूक मिलते हैं वे उसे बताते हैं कि उसकी माँ को एक रेयर बीमारी है जिसका नाम है L.A.S. ए एस विच मीन्स लॉकड एंड सिंड्रोम इस कंडीसन में पेशेंट जो है इस कंडीसन में पेशेंट का पूरा शरीर पैरालज़ हो जाता है वो जो है अपनी दिमाग के ख्याल में खोया हुआ रहता है और वो कुछ भी काम नहीं कर सकता और फिर जो है और वो उसे बताते कि उन्होंने उसे इसलिए बुलाया ताकि वो जो है उसे सीम्यूलेशन में उतार सके और उसकी माँ की कंडीशन को बैटर कर सकें दरअसल सीम्यूलेशन जो है दिमागी ख्याल होते हैं जिसमें जो है उसकी अपनी दुनिया होती है जो वो सोच रहा होता है वहाँ पर वो ही हो रहा होता है कारली जो है सिमुलेशन में उतरने के लिए मान जाती है और फिर माइकल और ड्यूक उसे सिमुलेशन में उतारते हैं वहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है जो कि उसका पुराना घर था वहाँ पर वो अपनी माँ को देखती है जो कि अंधेरे के कमरे बैठी हुई थी कारली अपनी माँ को कहती है कि वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए यह ताकि वह उसे बता सके कि वह उसे कितनी नफरत नो बात और वह उसे कभी डालने के, के, के लिए कहती है और वह जो है सिमुलेशन से बाहर आ जाती है, तो है कारली अपने घर चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्ली को फिर से एक नाइट में आता है जिसमें उसे क्रेवन की हड्डियों से कुछ डिजाइन सब दिखाई देता है और वो काफ़ी डर जाती है और वो काफ़ी डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कार्ली थेरापोल हॉस्पिटल में जाती है और वो दोबारा से सिमुलेशन में उतरती है अब की बार उसे वहाँ पर उसे एक अंधेरे वाला घर सा दिखाई देता है वो ऊपर जाती है तो उसे टनल दिखाई देती है जिसमें से वो जाती है तो उसे एक पुराना हॉस्पिटल दिखाई देता है जिसमें जब पहले एंजिला काम किया करती थी दरअसल एंजिला ने एक नर्स थी और उसने जो है और उसे एक प्रोजेक्ट में हॉस्पिटल में टीबी के पेशेंट का इलाज करने के लिए भेजा गया था लेकिन जो है लेकिन वो जो है उस पूरे के पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देती है जिससे वहाँ के सभी मरीज करीब 21 मरीज़ मर जाते हैं और साथ ही साथ वो एक वृद्धाश्रम में भी आग लगा देती है जिससे नौ बूढ़े मर जाते हैं और फिर वो जब घर जाती है तो वह जो है कौए की हड्डियों से एक डिज़ाइन बनाती है और जिसको, दे, जिसको देख जिसको देखकर जो है कारली बहुत ही गुस्सा होती है और जब पुलिस आकर के और जब पुलिस आकर के एंजिला को पकड़ लेती है और उसे ले जाने लगती है तो वो कारली की तरफ एक स्केरी स्माइल करती है और वो जो है उसे पोर्ट उसे उम्र कैद दे देता है अब उसे जो कार्ली को जो है सिमुलेशन में वही हॉस्पिटल दिखाई दे रहा था वो जो है उसको उस हॉस्पिटल से दूर एक मैदान में अपनी माँ दिखाई देती है जब वो उसको उस जब वो उसके पास जाती है तो उसकी माँ हवा में उड़ने लगती है और तभी जो है सिमुलेशन ख़राब होने लगता है और तभी कारली डरने लगती है और माइकल को बाहर निकालने के लिए कहने लगती है लेकिन माइकल देखना चाहता था कि आगे क्या होता है फिर जो है कार्ली को दूर हॉस्पिटल में सैम्प पड़ी हुई दिखाई देती है जब वो उसके पास जाती है तो वो मरी हुई थी और उसे दूर से एक और उसे दूर से एक डीमन आता हुआ दिखाई देता है जो कि जब अपने हाथ पर अपने हाथ पर नाखून से चीरा लगाता है तो कार्ली को असलियत में भी चीरा लग जाता है और उसका खून बहने लगता है इसी के साथ माइकल उसे शिमले से जो कार्ली अपने घर चले जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्ली को फिर से एक नाइटमेर आता है जिसमें उसे क्रेवन की हड्डियों से कुछ डिज़ाइन सब दिखाई देता है और वो काफ़ी डर जाती है